कुछ है बिखरा बिखरा बिखरा सारोटा रूटाही चुप माही चुप है राजा कैसे वे कैसे वे आजा आजा होगी शहूर कर तो मुझे नजरों से दूर किलिए